हेलो एवरीवन माय नेम इज़ वेद शर्मा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो बहुत बहुत वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं हमारी कंपनी म्यूरा के राखी कलेक्शन आपके लिए लेकर आऊँगा तो चलिए बिना किसी देर के हम अपनी राखी का कलेक्शन देखना स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको ये पता लगे कि हमारे कौन कौन से राखी के प्रोडक्ट्स हमने जो डेवलप किए हैं और आप उनको हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पे जाके बाय कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं, हैं इसमें जो कलर है केसरिया और लाल तरह का ये बेसिकली आ, हमारे जो भगवान हैं उनका पसंदीदा सबसे पसंदीदा कलर जो होता है वो केसरिया और लाल ही होता है ज़्यादातर आपने हिंदू टेंपल्स में या फिर देखे होंगे तो ये हमने जो कलेक्शन बनाया है ये डेमोशनल है मोस्टली और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो मेटल यूज़ किया है वो नाइन्टी सिल्वर मेटल है और ये जो चाँद है वो गणेश जी का है तो ये एक राखी है हमारी इसी इसी पैटर्न पर हमने बाकी राखी डिज़ाइन की है जैसे ये भी हमारी गणेश जी वाली है और इसमें त्रिशूल का साइन है ये हमने सिल्वर ऑक्सीडाइज का ही है इसमें हमने ऑक्सीडाइज रखा है ये पैटर्न और ये आप टाटा पैटा देख ही रहे हैं तो तीन जो राखियाँ हैं वो तो हैं हमारी केसरिया और लाल रंग पे एक हमने जो राखी डिज़ाइन की है वो रेड कलर के थ्रेड पर की है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमने कुछ जेम स्टोन्स में भी डेवलप किए हैं हालांकि ये आ, सेमी प्रीशियस या फ्रेशियस जेम स्टोन्स नहीं है ये सिंपल क्रस्टल स्टोन्स हैं बट इसमें जो हमने मेटल यूज़ किया है वही नाइन्टी टू सिल्वर है और एंटीटानिश और इसमें ये कोटिंग भी आपके दी है जिससे ये कम्प्लीटली हाइजीन मेटल हो जाता है जब जा आप इसे यूज़ करेंगे तो फैट वग़ैरह से आपको ये नहीं हटेगा और ना ही ये एलर्जेटिक होगा तो हॉर्स्कोप वाली राखी हमने डिज़ाइन की है सेवन स्टॉन्स वाली राखियाँ हैं जैसे ये आप देख पा रहे हैं ये भी जो है ये भी सेवन स्टॉन्स वाली राखी है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने सिंपल 92.5 टू पॉइंट फाइव हमने कलेक्शन लॉन्च uh, किया है वो ये है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो है ब्रदर फॉर एवर आप देखोगे इसमें विथ चैन है ये कंप्लीटली नाइन्टी सिल्वर में है और इसमें ई कोटिंग है ऊपर तो आपको uh, कोई कोई परेशानी नहीं होगी अब जैसे हमने एक, एक कलेक्शन में भाभी के लिए भी राखी बनाई है तो जब एक बहन अपने भाई की घर जाती है शादीशुदा भाई की घर तो अपनी भाभी को भी राखी बांधती है उसके बाद हमने भाई के लिए भी एक राखी डिज़ाइन की है तो हमने स्वास्थ्य वाली राखी भी इसमें डिज़ाइन की है तो ये एक हमारा अलग से कलेक्शन है ये आपने नाइन्टी सिल्वर का देखा जो कम्प्लीटली सिल्वर में है विद चैन ये जो आपने देखा थ्रेड में जो है अपने स्टोन्स के साथ में किया है नेक्स्ट सेगमेंट है जो हमने 92.5 टू सिल्वर में ही प्रास्ट के तरह से डेवलप किया है हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग कंप्लीट 92.5 टू सिल्वर में प्रास्टेट की तरह से राखियों को प्रजेंट करें तो ये हमने कुछ डिज़ाइन डेवलप किए जैसे आपने ये देखा सलमान खान का जो डिज़ाइन के पैटर्न का जो डिज़ाइन है वो हमने डेवलप किया है साथ में ये छोटे टाइप का वाला इसमें ये कम्प्लीटली हमने राखी के लिए डिज़ाइन किया है ये आप देखेंगे इस पर हमने जो चाँद से लगाए हैं चा इसके बाद में लाइट वेट जो हमारे ब्रासलेट्स हैं राखी के लिए ये आप देख रहे हैं ये भी जो पैटर्न है ये राखी पे चलने वाला पैटर्न है और हमने इस्पेशली ये इसी लिए डिज़ाइन किया है इसके भी कुछ मोटिव जो हमने इसमें आगे जो कड़ियाँ लगाई हैं वो सिर्फ इसीलिए लगाई हैं कि हम लोग उसको राखी की तरह से दिखा सकें तो ये ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फ्लावर बेस्ड हमारी डिज़ाइन है इसको खास तौर पे हमारे दो डिज़ाइनर्स ने मिल के बनाया है इसके अलावा जो आप आगे यहाँ देखेंगे जैसे कि ये है काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस हैं जो हमने हमारे डिज़ाइनर्स ने हमको डेवलप करके दिए हैं ये काफ़ी भारी और काफ़ी सॉलिड सिलवर से बनी हुई है सारी ये जो डिज़ाइंस हैं बेसिकली हमने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ राखी के ही फेस्टिवल से डेवलप की है बिकॉज ये आप देख रहे हैं जैसे जो लाइट वेट और जो बहुत ही पतले जो ब्रास्ट्स हैं ये हमने वुमेंस की कैटेगरी को देखिए भी बनाए हैं तो वो कुछ इस तरह की राखियाँ भी हमसे बाय कर सकें हमारे कलेक्शन में देख सकें अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारा स्टोन बेस्ड कलेक्शन जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है ये सेगमेंट हमने स्पेशली तैयार किया है वुमेंस के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कलर ये कलर स्टोन्स हैं और बहुत ही अच्छी इसमें इस्टॉम का वर्क हुआ है ये स्पेशली इनमें जो सेटिंग की है हमने वो बहुत ही प्यारी है और ये जो स्टॉन्स हमने सेलेक्ट किए हैं ये बहुत ही अच्छे हैं तो आप जैसे आप देख पा रहे हो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो वहाँ भी आप जाकर के इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हो वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ के आप समझ सकते हो कि हमने इनमें कौन कौन से जो स्टॉन्स हैं वो यूज़ किए हैं और इसमें किस तरह का हमें वर्क किया हुआ है अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा जो कम्प्लीटली क्रीशियस सेगमेंट है ये हमने जो डिज़ाइन किया है वो सेमी प्रीशियस में किया है ऑल का सेगमेंट किया है इसमें हमने कैसीडोनी का भी स्टोन इसमें यूज़ किया है राउंड शेप में बीट जो इसमें लगाई है साथ में हमने 92.5 की यहाँ बीट लगाई है यहाँ पर हमने चाम लगाया है सॉरी इसमें आप देख सकते हैं हमने लास्ट में जा कर जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड ही हमने कुछ चाम्स भी यहाँ एड किए हैं इसमें जैसे आप ये पैटर्न देख सकते हो यहाँ पर क्राउंड देख सकते हो आपने अभी वालाए देख सकते हो तो इस तरह के कुछ हमने यहाँ पर पैटर्न्स जो यूज़ किए हैं ये टर्कोइज़ स्टोन का हो गया इसमें हमने सेम ये सेम पैटर्न्स पर हमने डिज़ाइन की हैं वो ये वाली राखी ये भी हमने सिंपल गोल्ड कलर के पौधे में साथ में एक ब्लैक कलर का स्टोन मेरे बीच में दिया है ये सारी जो राखियाँ हैं वो कम्पलीटली सेवी पी स्टोन की सर्टिफाइड स्टोन्स भी हमारे देख रहे हैं ये हमने डबल लेयर के साथ में कम्प्लीटली तो स्टोन फेवर की जो राखी है वो हमने डिज़ाइन की है साथ में इसमें हमने तीन अलग अलग चाँप भी यहाँ पर हैंग किए हैं इटली डिज़ाइनर बेस्ड राखी है, बेस है जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ हम लोग ये मैनुफेक्चरर्स हैं और हम जो भी हम ऑलरेडी डिज़ाइन करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ाइनर बेस्ड होती है तो हमने जैसे मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम बताया था राखियों के बारे में तो ये डिज़ाइनर बेस्ड राखियाँ हैं ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी इसमें हमने अनिमन शेप के दो यहाँ पर स्टॉन्स लगाए हैं बिकॉज uh, ऑफ़ of... है और ये राखी भी इसी पैटर्न पर बस इसमें हमने एक और डिज़ाइन यहाँ ऐड की है जिसमें कि हमने ये जो कीयर शेड की एक और हमने यहाँ पर स्टॉन को डेंगल किया है जिसमें कि ये राखी बहुत ही प्यारी लग रही है जब आप इसे यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही क्लाइफ अच्छी लगेगी तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न हैं हमें डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किए वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर ये आपको बहुत ही प्यारी एक और आपको राखी देखने को मिलेगी इसके अलावा हमारे पास वो स्टॉन्स में और भी बहुत राखियाँ जो कि आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं इंदिरा पे कॉम वहाँ जाके आप लॉगिंग कीजिए या फिर एक गैस कस्टमर का हार है वहाँ जाइए और वहाँ जाके हमारे राखी के, के सेक्शन पे क्लिक करके सारी राखियों को आप देख सकते हैं वहाँ जाके इसके अलावा भी बहुत सारे और भी जो पैटर्नस हैं हमने वहाँ डाल रखे हैं हमारी वेबसाइट पर तो वहाँ जा के आप चेक कीजिए और जो भी आपको राखी पसंद आती है अगर उसमें आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे और वो पूछ सकते हैं उसके बारे में क्वेश्चन और हम डेफिनेटली हम आपको उसका आंसर दे करके आपकी तैयारी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो आई होप के आपने हमारी जितने भी राखी के कलेक्शन है वो देखे होंगे हर एक प्रोडक्ट आपने डीपली uh, जज किया होगा कि किस तरह का हमने जो प्रोडक्ट uh, जो प्रोडक्ट है राखी का वो लॉन्च किया है आई होप आपको सारे प्रोडक्ट्स पसंद आए होंगे और आप जरूर हमारी वेबसाइट पर जाके विज़िट करके उसको परचेज़ करना चाहेंगे तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा और जल्दी आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं अपने नए कलेक्शंस जो हमने लॉन्च किए हैं उनके बारे में आपको डीप नॉलेज दूंगा जिससे कि आने वाले दिनों में जो फेस्टिवल्स आएंगे हमारे इंडिया में या फिर जो भी आपके यहाँ पर आप लोग ओकेज़न्स प्लान करते हैं उसके लिए ज्वेलरी प्लान करें तो हमारे वेबसाइट पर जाके आप ज़रूर हमारे राखी कलेक्शन को देखिए बिकॉज़ राखी बाईस अगस्त को है और उससे पहले हमको तकरीबन तीन या चार दिन लगते हैं हमारे ऑर्डर्स को डिलीवर करने में तो तीन या चार दिन का आप टाइम लेकर के चलिए और उससे पहले हमको ऑर्डर कीजिए जिससे हम आपको टाइमली डिलीवरी दे पाएँ और आप उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ अपनी राखी पे तो थैंक यू सो मच मिलते हैंस्ट ब्लॉग में जिसमें मैं आपके लिए हमारे ज्वेलरी के और भी कलेक्शन ले कर